हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो चलिए आज हम चलते हैं बालाघाट जिले में स्थित कोटेश्वर मंदिर का दृश्य आपकी कोटेश्वर मंदिर हैत्तीसगढ़ में भी बहुत प्रख्या है महत्व तो का तीर्थ है यह हमारे एक सौ आठ उपलिंगों में से एक है कहा जाता है कीटेश्वर मंदिर का निर्माण ब्रिटिश शासन काल में राम प्रसाद दुबे तहसीलदार ने करवाया था अब हम कोटेश्वर मंदिर का नजारा आपको दिखाते हैं ये देख सकते हैं आप ये बलर का पेड़ जो बहुत पुराना है उसके पीछे में कुछ है दिखा दो अपना हमारे साथ आया है आप तो ये देखिए बरगद के पेड़ के नीचे का नज़ारा भगवान ये देख सकते हैं अग्निद्वार कोटेश्वर मंदिर में महाकाल जी का ये ये अनुराम अनुरम से देख सकते हैं उनका नांग साहब बोले तो वासी ये यहाँ कुछ गायें हैं ये एक छोटा मंदिर अभी हम आपको अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे तो चलिए अब हम एंटर करते हैं और आपको दृश्य दिखाते हैं वी आर एंटर्ड इन अ गेट सम पीपल्स आर देर तो ये प्रदीप आगे चल रहा है हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं तो ये, इस से। ये पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्ति और ये शिला जिनकी कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं ये मैडम जी अपने माथे पर तिलक लगाते हुए शंकर जी का ये ढोलक जो बहुत ही प्राचीन है इसका गणपति बब्बा और अब हम चलते हैं शंकर भगवान इस मूर्ति के बारे में क्या ही कहा जाए ये अपने आप में बहुत अनूठा संगम है ये, मिल सकते हैं। हमारे से आप। ये अंदर का सीन दिखाते हैं अब हम आपको ठीक है ये अंदर की कलाकृतियां देख सकते हैं क्या ही है ये बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है क्या ही क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में आप इनके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है थेड़ा, थेड़ा। ये हमारे राहुल सरजी की कुछ अमेजिंग तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर